मुझे आज भी एक छोटी सी कहानी याद आती है सोलह साल का एक लड़का पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरा नाम था तो सचिन तेंदुलकर 150 किलोमीटर की स्पीड से गेंदबाजी होती थी 150 किलोमीटर पर आवर और साढ़े पंद्रह साल की उम्र टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है लड़का अपोजिट एंड पे नवजोत सिंह सिद्धू बल्लेबाजी कर रहा है चार लोग आउट हो तो चुके हैं पांचवा दिन है टूटी हुई पिच है पांचवा दिन ट्वेंटी टू फोर एंड तेंदुलकर वॉक्सन और तेंदुलकर पहले दो टेस्ट मैच में टोटल दस रन बनाया था थर्ड टेस्ट में ड्रॉप किया फोर्थ टेस्ट मैच था पंद्रह सोलह साल कलर का बल बॉलिंग कौन कर रहा है इमरान खान वकार यूनिस, अकिब जावेद खतरनाक लोग पांच पांच, -पांच -चे -चे फुट के लोग दो फुट का हाथ स्क्रीन के ऊपर से बॉल आती ऐसा लगता है तो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कहीं तो सिद्धू से पूछा उसको सिद्धू कह रहा मेरे को नॉन पे लग रहा था ये ये ये लड़का लड़का मर मर जाएगा जाएगा आज आज पाकिस्तान पाकिस्तान के के के अंदर मैच पाकिस्तान के लोग बॉलिंग भी भी करते हैं हैं हैं बोले बोले गाली भी देते और और सब गालियां आती हैं उनको हमारी तरह बोले। और ये साल के लड़के खा है इसको कुछ दिखाई नहीं दिया सिद्धू गया ओके अब इसकी आवाज बड़ी धीरे है, हाँ, है।, <laughs> हाँ, है। सिद्धू गया वापिस की कोशिश किया फटास्टर आक में लगी फवारा निकला खून का नाक फट गया था पूरा और पूरा ब्लड ब्लड सिद्धू कह रहा मैं नॉन स्ट्राइकर्स देख रहा था कि लड़का मर गया खत्म है गिर गया नीचे सब लोग भागे भागे आए मैंने स्ट्रेचर की आवाज दी से बोला स्ट्रेचर बुलाया जब तक स्ट्रेचर आता आ, आ गए तब फिजियोथेरापिस्ट के बाद बोलते हैं दो चीजें होती थी एक सैराटॉन और एक आइस बॉक्स बस सैराटोन मुंह में डाल देते थे, थे और आइस बॉक्स लगा देते थे चल ये ट्रीटमेंट होता था उस जमाने के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी था ना ज्यादा तो इसको लगाया फट गया पूरा पूरे शर्ट लाल पीछे का ट्राउजर जूते पिच खून से सनी पंद्रह साल का लड़का तो पे लगे तो सिद्धू कहता है मेरे कान में आवाज आई मैं खेलेगा मैं खेलेगा। ने बोला, पक्का, सर मैं खेलेगा। खेलेगा। पक्का सर साल का लड़का इमरान खान को फेस करता है नाक पे पट्टी बांध के इमरान खान अगली बॉल करता है ये दो कदम आके स्ट्रेट आता खेलेगा नाक फटा हुआ है पट्टी लगी हुई है पंद्रह साल का लड़का फिफ्टीन years.